चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन आप अपने स्वयं के एस एस से भी कर सकते हो सबसे पहले आपको एस एस ओ करनी है उसके बाद में डैशबोर्ड में ए बी एम जी आर एस बी वाई सर्च करना है इसके बाद में उस पर क्लिक करना है फिर इसमें जो आपको टीएमसी एम सी सिटीजन एच सर्विस रिक्वेस्ट रिपोर्ट्स ये सारी डिटेल्स खुलेगी तो इन सब में क्लिक नहीं करना अपने को रजिस्ट्रेशन फोर चिरंजीवी योजना में अपने को क्लिक करना जो नीचे ही नीचे आएगा इसके बाद में अपना जो रजिस्ट्रेशन की जो है ना किस योजना के तहत अपने को रजिस्ट्रेशन करना वो अपने को आ, टिक करना जैसे लघु किसान है तो एसएमएफ वाले में उनको क्लिक करना जिनको जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि से जो राशि प्राप्त होती है उनके लिए एस एम क्लिक करना है और सवेदा कर्मी है तो वो सेकेंड वाला ऑप्शन कॉन्ट्रेक्चुअल वाला पे क्लिक करेंगे और जिनको कोविड के तहत सहायता राशि प्राप्त हुई अगर उनका रजिस्ट्रेशन करना तो कोविड 19 एक्स ग्रांट वाले ऑप्शन में क्लिक करना और इन सब कैटेगरी में जो नहीं आता है, उनको अदर पेड जो राशि देकर रजिस्ट्रेशन होगा आठ सौ शुल्क है तो इन सब में जिस भी आप कैटेगरी में हो उसको क्लिक करें और अपना जन आधार कार्ड संख्या या फिर जन आधार आई जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो एंटर करें जैसे मेरे पास उपलब्ध है मैं एंटर कर रहा हूं ये बहुत ही इजी है आप घर बैठे भी कर सकते हैं और जिनके आधार मोबाइल नंबर जुड़े हैं उनको तो दिक्कत नहीं है जिनके आधार मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हैं उनको बायोमेट्रिक डिवाइस से अपना फिंगर से वो करना पड़ेगा जैसे मेरे पास लॉगिन हो गया अब इसमें कैटेगरी मैंने कॉन्टेक्टल में कर दी जैसे इनकी कर दी है कर्मी में कर दी है और ये मैंने क्लिक किया है इनकी फैमिली डिटेल खुल जाएगी और जो भी कार्मिक है जो भी उसके आगे अपने को क्लिक करना है और फिर ये किस कैटेगरी में आया तो ये इस पर आ गया आपके जैसे मैंने इनका रजिस्ट्रेशन किया तो इनका सब पत्र आ गया इनकी कैटेगरी भी यहाँ पर लिखी हुई आ गई ये अब जैसे आप ईस्ट साइंस से, सेल्फ डिक्लेसन में क्लिक करोगे तो ये आपको सीधा सा आधार के साइड में ले जाएगा वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट या ओटीपी के माध्यम से उसको वेरीफाई करना जैसे आप फिंगरप्रिंट में क्लिक करोगे तो बायोमेट्रिक डिवाइस आपके लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मोबाइल से अटैच होना चाहिए इसके बाद आप कैप्चर करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सभी साथी इसमें रजिस्ट्रेशन कराए तीस तारीख़ अंतिम दिनांक है किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आपने संकोच कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो धन्यवाद